बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न प्रश्न भारत की पहली महिला आई कौन थी उत्तर अन्ना राजा मल्होत्रा प्रश्न भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी उत्तर किरण बेदी प्रश्न भारत की पहली महिला शासिका कौन थी उत्तर राज्य मध्यकालीन प्रश्न भारत की पहली महिला संसद कौन थी उत्तर राधाबाई सुबह सराय। दोस्तों इसी तरह की मैं अपने चैनल पर मज़ेदार वीडियो लाते रहता हूँ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए